नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सपने और हकीकत में तो आज हम बात करेंगे कि यदि आपको सपने में अमरूद दिखाई देता है यदि आपको सपने में अमरूद दिखाई देता है तो यह सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होने वाली है जिसके चलते आप कुछ ही समय में अमीर बन सकते हैं इसके अलावा अमरूद का सपना आपके व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ भी है यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपके पास बहुत सारा धन तो आ जाएगा लेकिन बौद्धिक विकास के मामले में आप पिछड़ सकते हैं तो आपको केवल धन पर ध्यान ना देकर अपने बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आप ये क्लियर कर लें कि आपको धन के साथ साथ बौद्धिक विकास चाहिए या नहीं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी होगी क्योंकि धन तो आपको मिल जाएगा लेकिन ज्ञान के मामले में आप दूसरों से थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे तो आप केवल धन पर ध्यान ना देकर अपनी बौद्धिक स्तर को ऊंचा करने पर भी ध्यान दें क्योंकि ज्ञान और धन दोनों साथ साथ चलते हैं यदि आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो धन आएगा तो ज़रूर लेकिन चला जाएगा इसके लिए ज्ञान को अर्जित करना भी ज़रूरी है अगर आपके पास ज्ञान होगा तो धन आपके पास टिक जाएगा लेकिन यदि आप ज्ञान के मामले में पीछे रह गए तो आया हुआ धन भी चला जाएगा ये शुभ संकेत तो है कि धन आपके पास आएगा इसके साथ साथ एक अशुभ संकेत यह है कि आप अपनी बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तो इस बात पर ध्यान दें कि आपको बुद्धि को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यत्न करना पड़ेगा ताकि आप उस आए हुए धन को संभाल कर रख सकें धन्यवाद